मन लग मेरो राम फकीरी में जो सुख पावो राम भजन में जो सुख पावो रामे भजन में सो सुख नहीं अमीरी में मन लग मेरो राम फकीरी में ने लगो मेरा राम भला बुरा सब की सुन लीज कर गुजरान गरीबी में भला बुरा सब की सुन लीजो कर गुजरान गरीबी में भला बुरा सबकी सुनल जो कर गुजर गरीबी में, में मन लागो मेरो राम फरी में मन लागो मेरो राम फकीरी में फकी में मन लग मेरू राम प्रेमनगर में रहनी हमारी भली बन आई सबूरी में प्रेम नगर में रहनी हमारी भले बन आई सबूरी में प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी भले बनी आई सबूरी में मने लगो मेरो राम में मने लगो मेरो राम हाथ में खूंटी बगल में सोटा चारों दीस जागी में हाथ में खूंटी बगल में सोटा चारों दीसी जागी में हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दी से में मने लगो में राम गिरी में मने लगो में राम आखिर यह तने खाके मिलेगा कहा फिरे मगी रूरी में आखिर यह तने खाके मिलेगा कहा फिरे मगी रूरी में मने लागों में रोला री में मन लागो मेरो राम कहते कबीरा सुनो भाई साधो कहते कबीरा कहते कबीरा सुनो भाई साधो मिले सबूरी में मने लागो मेरो राम फकीरी में मने लागो मेरो राम फकीरी में मने लागो मेरो राम फकीरी